गिरता भारतीय रुपया और बढ़ता अमेरिकी डॉलर पर सूर मचा कर लोगों को लोगों का तालियां बटोर कर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी और तालियां बजाने वाले लोग बेजान थक कर हार चुके रुपया पर आज चुप्पी साधे किसी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी बात पर जिस समय रुपया का दाम उनसठ पैसा प्रति डॉलर था पर शोर मचाने वाले नरेंद्र मोदी आठ सतहत्तर रुपया प्रति डॉलर पर ऐसी चुप्पी साधे हैं जैसे इन्हें साँप सुन गया हो वर्ष 2013 से 14, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और यूपीए सर गठबंधन की सरकार थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर रही थी कांग्रेस पार्टी इस समय रुपया का वैल्यू था उनसठ रुपया चवालीस पैसा प्रति डॉलर यही वर्ष था वर्ष 2014 जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी और बीजेपी सत्ता में सत्ता संभालने के लिए तैयार थी सत्ता में आने वाली थी उस समय भी उस समय तक रुपया का वैल्यू था उनसठ रुपया चवालीस पैसा प्रति डॉलर और इसके बाद कांग्रेस की सरकार चली जाती है बीजेपी की सरकार आती है सब बीजेपी सत्ता में आती है और जिसके प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी जो संभालते हैं रुपया के ज़िम्मेदारी को संभालते हैं गिरते रुपया को कि रुपया को गिरने नहीं देंगे तंज कसने वाले मनमोहन सिंह के समय तंज कसने वाले नरेंद्र मोदी रुपया के गिरते रुपया को ज़िम्मेदारी संभालते हुए प्रधानमंत्री बनते हैं उसके समय उ, उसके बाद रुपया का क्या स्थिति होता है जो एक बार देखते हैं मई दो के समय रुपया का वैल्यू था उनसठ रुपया चवालीस पैसा प्रति डॉलर चौदह तो में देख लिए नवंबर 2015 में छियासठ रुपया उनासी पैसा प्रति डॉलर रुपया का वैल्यू नवंबर 2016 में रुपया का वैल्यू था सरसठ रुपया तिहत्तर पैसा प्रति डॉलर मार्च 2017 में रुपया का वैल्यू था पैंसठ रुपया चार पैसा प्रति डॉलर अक्टूबर 2018 में रुपया का वैल्यू था चौहत्तर रुपया प्रति डॉलर अक्टूबर 2019 में रुपया का वैल्यू रहा सत्तर रुपया पचासी पैसा प्रति डॉलर जनवरी 2020 में रुपया का वैल्यू रहा सत्तर रुपया छियानवे पैसा प्रति डॉलर दिसंबर दो में रुपया का वैल्यू छिहत्तर रुपया पच्चीस पैसा प्रति डॉलर और मई 2022 में रुपया का वैल्यू सतहत्तर रुपया पचास पैसा प्रति डॉलर हो गया है नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी के पहला कार्यकाल में भी रुपया लगातार रुपया का वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता ही रहा उसके बाद भी वो दोबारा प्रधानमंत्री बने दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं उसमें भी इनका उपलब्धि ये मिला है रुपया को इज्जत ये बख्से हैं नरेंद्र मोदी जी कि आज तक का बताया जा रहा है कि आज तक का सबसे गिरा रुपया सबसे अधिक गिर गया 77 रुपया 50 पैसा प्रति डॉलर जो स्तर जो गिरने का जो स्तर प्राप्त किया है वह सबसे निचला स्तर है यह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हो गया यही मोदी हैं जो मनमोहन सिंह को समय मनमोहन सिंह पर तन कसा करते थे आज जब इनके कार्यकाल में रुपया इतना गिर चुका है फिर भी ये चुप्पी साधे बैठे हुए हैं इनके तंज कसने पर तालियां बजाने वाले लोग भी आज चुप्पी सादे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं क्या इतने बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री बने रहना देश का कल्याण होगा क्या ऐसे लोग देश का कल्याण सोच कर सकते हैं इस बात पर हम सभी को और जो सत्ता में बैठे हैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस पर विचार करनी चाहिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही, अब कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रूपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इसकी आवृत्ति तेजी से गिरती चली जा रही है कौन आगे जाए कमी से है लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा यह साल छूटे मुख्यमंत्री